मैं ना अपने दादाजी से अपने नानाजी से फिर अपने अब्बा से फिर अपने मोहल्ले के बुजुर्गों से फिर अपने इलाके के बड़ों से एक बात सुनता था तो मैं कहता था कहीं से तो ये आई है ना ये इनकी अपनी पैदा कर दा तो नहीं है सादे लोग छाप लोग अपना नाम तो नहीं लिख सकते पर वो कहते थे ऐसी हूं मोड़ सकते समझ आ रही है मेरी बात की दरवाजे पे बेटी आ गई है अब कुछ हो सकता किसी पार्टी से सियासी जंग चल रही जाते हैं। -फट चाचा जी भी बन जाते है बेटा मैं तेरा चाचा हूँ मैं आया हूँ अब मेरी सिफारिश कर तो बेटिया कई दफा तो आ जाती थी तो अब बड़े बूढ़े क्या कहते हैं तो क्या जितने बेटी आ गई है दरवाजे पे क्या करे मैं सोचता था कि चलो ये बात इन्होंने पढ़ी नहीं सुनी नहीं इन्होंने सीखी नहीं पर ये कोई फ़ैज़ है, है, वज़ादार है। बेटी को कह भी सकता है नहीं, नहीं, वहां नहीं, जहां मैं हूं, मैं तेरा दादा हूं लेकिन वो ये बात ही नहीं करता कहता बेटी आ गई है तो फिर एक हदीस पढ़ी तो समझ आई कि नहीं ये फैज है रसुल पाक का ये बात ना मदीने की गली से चली है जो गली गली मुसलमानों के सीने में जा बसी है नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लाजरतानी हजरत मौला अली शेरे खुदा की सगी बहन जिनके घर से में राज करने फते पढ़ा है जनाब हानी न कलमा फते मक् पढ़ा है लेकिन सारी जिंदगी इनके सामने कोई हजूर के खिलाफ माजअल्ला बात नहीं कर सका करने नहीं देती थी लोग कहते कहते थे तू तो कलमा नहीं पढ़ती कहते, वो मेरा और मेरे नबी का इतने सख्त काफिर थे इस्लाम के दुश्मन थे लेकिन जब फतेह मक्का पे गए तो बड़े बड़े लोगों ने दावत दी पर हजूर इनके घर में गए नफल भी वही पड़े रोटी भी वही खाई वहां रहे हजूर वहां से तशीब ले गए ऐलान तो हुआ कि इनके वो जो दो देवर हैं है जना हानि अल्लाह तक जहां मिले मार दिया जाए अब उन्हें ढूंढ कौन रहा है मौला अली खुद ढूंढ रहे हालांकि वो रिश्तेदार है हजरत अली ने तलवार पकड़ी जहां मिलेंगे मार दूंगा जनाबे उम्मीद हानि ने ना अपने वो दोनों देवर तलाश किए ढूंढ के लाई ला, ला के कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद जूर के पास चली गई कहने लगी अली उन्हें ढूंढ रहे हैं ये पैगाम आया है उनके लिए ऐलान कर दिया गया है हुजूर ने आनी बात कर। तो कहने लगी, हुजूर फिर ती आ गई ना बोते थे बेटी आ गई मैंने पनाह दे दी है कोई दूसरा जुमला नहीं कोई दूसरी बात नहीं ये इमाम बोल रहे हैं ये सरवरे कायनात बोल रहे हैं हुजूर फरमाने लगे उम्म हानी जिसे उम्म हानी ने पना दे दी उसे मोहम्मद अरबी ने भी पना दे दी बुलालो अली को वापस हमने नहीं मारना जिसे तूने ने पना दे दी उसे हमने भी पना दे दी बेटी जो आ गई है बहन जो आ गई है दरवाजे पे, चल के जो आ गई है तो खत्म हो गई बात मुझे समझ आ गई कि मेरे देहात के बुजुर्गो के सीमो तक ये जो बात पहुंची है तो ये कोई फैज है ये कोई कर्म है ये कहीं से चली है जो यहाँ तक आई